हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक अट्रैक्टिव थम मेल कैसे बना सकते हो तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उस वीडियो का थंबनेल बहुत ही अच्छा होता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की मैं अपने थम किस तरह बनाता हूँ तो जब मैंने अपना ही यूट्यूब चैनल ओपन किया था उस टाइम शुरू में मैं अपने सारे थम मेल से बनाता था लेकिन पिक्सल्ट से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती थी थंबनेल में फिर मैंने मेरी वीडियो के थंबनेल को पिक्सल लेप से बनाना स्टार्ट किया और यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे चैनल पर थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी वीडियो का सी बढ़ाने के लिए एक अच्छा थम होना कितना ज़रूरी है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको थंबनेल बनाना सिखा देता हूँ तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का थंबनेल मैं आपको बना दिखाने वाला हूँ इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपना थंबनेल किस तरह बनाना है तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लेब ऐप ओपन करना है तो पिक्सल लेब ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद इसमें जो ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है ऊपर की साइड इसमें डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है जिस पर दबाकर आप डायरेक्टली से डिलीट कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है ओके करने के बाद आपका ये डिलीट हो जाएगा तो अभी ये डिलीट हो चुका है उसके बाद आपको थंबनेल की साइज को सिलेक्ट करना है तो थंबनेल की साइज को सिलेक्ट करने के लिए जहाँ पर मैंने एरों का निशान लगाया हुआ है वहाँ पर आपको दबाना है तो यहाँ दबाने के बाद आपको इमेज साइज का एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको इस इमेज साइज वाले ऑप्शन पर दबाना है उसके बाद आपको यहाँ कस्टम पर दबाना है कस्टम पर दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके okay कर देना है तो ओके okay करने के बाद हमारे थम्मेल की साइज सिलेक्ट हो चुकी है अब हमें थम्मेल के बैकग्राउंड के लिए कलर सेलेक्ट करना है तो कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन मिलता है इस पर दबाना है अब आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं एक है कलर और एक है ग्रेडियंट अब अगर आप कलर वाले ऑप्शन पर दबाकर अपने बैकग्राउंड के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में एक ही कलर आएगा और अगर आप ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर दबा अपने बैकग्राउंड के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में दो कलर आएँगे तो मैं यहाँ ग्रेडियंट वाले में से ही कलर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से वाइट और येलो कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद आप चाहें तो इन कलर्स को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एडजस्ट करने के बाद आपको ओके पर दबा देना है तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है अब इस बैकग्राउंड के ऊपर हम हमारी एक फोटो लगाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है वहाँ पे आपको दबाना है तो यहाँ नीचे दबाने के बाद आपको ऊपर की साइड में इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है तो आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर दबाना है तो इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर दबाने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी अब आप यहां से जो भी फोटो सिलेक्ट करना चाहें वो फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहां अपनी एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये वाली फोटो हम थंबनेल में लगाने वाले हैं तो ये फोटो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर आ चुकी है अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करके सेट कर देता हूं। तो मैंने इस फोटो को सेट कर लिया है अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में दबा कर, इस फोटो को लॉक कर देना है तो लॉक करने से ये फायदा होता है लॉक करने के बाद ये फ़ोटो एक ही जगह पे सेट हो जाती है अब आप इस स्क्रीन पे कुछ भी करेंगे तो ये फ़ोटो हिलेगी नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पर टैक्सट लिखने वाले हैं तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एक निशान बना हुआ है इस पर दबाना है इस पर दबाने के बाद आपको ऊपर की साइड में प्लस का आइकन मिलता है इस पर दबाना है और प्लस वाले आइकन पर दबाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन मिलता है इस पर दबाना है अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तमेल कैसे बनाएं। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पर दबा देना है अब आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है मतलब जहाँ भी आप इसे रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं आप इसे खींच छोटा बड़ा भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ साइड में बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्टाइल तो आपको इस स्टाइल वाले ऑप्शन पर दबाना है तो स्टाइल वाले ऑप्शन पर दबाने के बाद आपको बी पर दबा देना है तो बी पर दबाने के बाद आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस कलर वाले ऑप्शन पर दबाना है उसके बाद आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको शेडो का एक ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको इस शेडो वाले ऑप्शन पर दबाना है उसके बाद आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है उसके बाद आपको ब्लर रिड्यूस को जीरो कर देना है अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है तो नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा इसको भी इनेबल कर देना है उसके बाद आपको ऑप सेट एक्स को दो पे सेट कर देना है तो ये सब करने के बाद हमारा टेक्स्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसके बाद आपको ऊपर की साइड में दबाकर इसको भी लॉक कर देना है उसके बाद हमें प्लस वाले आइकन पर दबाकर कर इस पर और भी कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर दबाकर और इसमें लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ दो मिनट में उसके बाद आपको इसे भी उसी तरह एडजस्ट करना है जैसे पहले हमने किया था तो मैं इसको यहीं पे रखने वाला हूँ अब मैं इस कलर वाले ऑप्शन पर दबाकर इसमें कलर करने वाला हूँ तो इसमें मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ उसके बाद हमें स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके इसको भी बोल्ड कर देना है तो अब आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है तो अब मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ लेकिन अभी भी हमारा थम उतना अच्छा नहीं बना है जितना अच्छा हम बनाना चाहते हैं तो इसे और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें एक फ़ोटो एड करेंगे तो फोटो एड करने के लिए मैं इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर दबाकर अपनी गैलरी से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं इस फोटो को एडजस्ट करके सेट कर लेता हूं। तो इस फोटो को हम यहां पे लगाने वाले हैं उसके बाद हमें इस फोटो में शेडो निकालना है तो इस फोटो में शेडो निकालने के लिए हमें शेडो वाले ऑप्शन पर दबाना है और मैं यहाँ पर रेड कलर पर दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर की शेडो निकालना है उसके बाद आपको ब्लर रिड्यूस को जीरो कर देना है उसके बाद आपको ओप एक्स को दो पे सेट कर देना है और ये जो नीचे सेट वाई का ऑप्शन है इसको भी आपको दो पे सेट कर देना है तो ये हमारे फोटो की शेडो निकल चुकी है और शेडो निकालने के बाद हमारा थंबनेल और भी ज्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है अब हम इसमें एक एरो का निशान लगाने वाले हैं तो एरो का निशान लगाने के लिए आपको शेप पर दबाना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा तो इस बॉक्स पर दबाना है तो आपको इसमें अलग अलग एरो मिल जाते हैं आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद इसमें यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो मैं इसमें रेड कलर कर लेता उसके बाद ये एरो कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं। तो क्रॉप करने के बाद हमारा एरो छोटा हो चुका है अब आपको इसे थंबनेल में अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर देना है उसके बाद ये हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है अगर आपका YouTube से रिलेटेड और कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहें तो मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं मेरे Instagram का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन को भी दबा लें हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो